देश की बहुप्रतिष्ठित कंपनी सकर्नी प्लास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपने व्यापार का आगाज किया है एक समारोह में कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान शहर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर एवं कंपनी से जुड़े डीलर रिटेलर मौजूद रहे भोपाल में प्रतिष्ठित कंपनी सकरणी प्लास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डीलर रिटेलर मीट का आयोजन किया भोपाल में यह आयोजन किया गया जिसमे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक गुप्ता ने सभी का स्वागत फूलमाला से किया इस मौके आरोप गुप्ता ने उनके तयलीस वर्षो के कठिन परिश्रम दृढ़ निश्चय स्वभाव और अनुभव को साझा किया साथ ही कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जिसमें उन्होंने प्लांट में उत्पादित उपयोग कच्चे माल की जानकारी विस्तृत रूप से दी सभा में शहर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर एवं कंपनी से जुड़े डीलर रिटेलर शामिल हुए जिन्होंने सकरणी कंपनी पर रुचि दिखाई वही अशोक गुप्ता ने अधिकृत विक्रेता बंधुओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया मैं ये बोलना चाहूँगा कि सकरनी एक नाम आज एक सकरनी जो है ना वो आज एक ऐसा नाम बन चुका है कि लोग घर घर में जानते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे पीओपी -पी हमारा है आज नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मशहूर है काफ़ी अच्छे लेवल पे बिकता है तो आज भोपाल के वासियों के लिए आज ग्वालियर के लिए आज मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज ये प्रोडक्ट हम ले आए हैं और आज हमने लॉन्च कर दिया है जिसमें सकरी पी है जिसमें सकरनी वॉलगार्ड वॉलपुट्टी है और हमारे पेंट के तमाम प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें स्टेनर है जिसमें इमलशन है जिसमें प्राइमर है जिसके अंदर डिस्टेंपर है और हमारा सफ़ेद सीमेंट जो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सीमेंट है वो भी आज मध्य प्रदेश में सभी लोगों के समक्ष आ चुका है और उनके घरों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है सकरनी बेसिकली uh, जो करनी माता मंदिर है बीकानेर के, uh, के शहर में इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है वहाँ पे चूहों का झूठा प्रसाद खाया जाता है तो उन्हीं करनी माता के नाम पे ही रखा गया यानी सकरी करनी माता का आशीर्वाद हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में मौजूद हैं और अब हम सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश और धीरे धीरे हम गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं और उधर छत्तीसगढ़ तक भी जा चुके हैं कोलकाता और वेस्ट बंगाल में भी जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा जो जो मार्केट है वो धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ भी जा रही है तो हम धीरे धीरे पूरा पैन इंडिया को हम कवर करना चाहेंगे कि इस विश्वसनीयता की वजह से ही आज हम पैन इंडिया को देख पा रहे हैं और पैन इंडिया के ऊपर जाने की सोच पा रहे हैं हम मैं सगर्नी की तरफ से हमारी टीम की तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि जो विश्वास जो प्रोडक्ट और जो क्वालिटी हम लोग और जगह पे दे रहे हैं वही क्वालिटी वही प्रोडक्ट वो पूरी सगर्नी रेंज का प्रोडक्ट अब आपकी सर्विस पर भी आपके घरों को मजबूत बनाने के लिए आप तक पहुँचने वाला है